आजकल महंगाई के ज़माने में सब्जियां आसमान छू रही हैं सस्ती सब्जी लेकर हम अपना घर चलाते हैं लेकिन पैसे अगर जेब में है तो आप बढ़िया सब्जी लेंगे और बढ़िया सब्जी महंगी होगी तो सवाल ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी में महंगी सब्जी कब खरीदी होगी और वह कितने की होगी चलिए जानते हैं दुनिया की सबसे महंगी सब्जी इसको जानकर दांतों में उंगलियां चबा लेंगे और जानिए इनकी खासियत। खासियत दुनिया में बहुत तरह की सब्जियां हैं, जिसको रियर और उसकी खासियत कर उसकी कीमत अलग-अलग हो सकती है क्योंकि इस सब्जी की कीमत आपके दो सोने के बिस्कुट के बराबर है चलिए जानते हैं ये रियर होने के साथ इसका नाम क्या है और क्या है बाजारों में की सब्जी की कीमत 90,000 से सवा लाख के बीच में होती है दरअसल इसके फूल का इस्तेमाल बियर बनाने में किया जाता है जबकि बाकी टहनियों को खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है होप फ्रूट की एक किलो दाम में आप सोना खरीदना चाहेंगे या सोने के बदले में होफ ये तय आप इस सब्जी का इस्तेमाल अशोधियों या दवाइयों के इलाज में भी किया जाता है दुनिया में और कई शहरों में इसकी कीमत अलग अलग हो सकती है ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी कीमत क्वालिटी पर निर्भर करती है बेहद दुर्लभ सब्जी होब शूट का इस्तेमाल अलग अलग इलाकों में अलग अलग, अलग, अलग, अलग अलग रूप में किया जाता है इस सब्जी में ऐसे चमत्कारी गुण पाए जाते हैं सिर्फ इसके सेवन से ही कई बीमारियां दूर हो सकती हैं में तत्व तो मिलते हैं, जो किसी आम सब्जी में नहीं मिलते इस सब्जी का इस्तेमाल कैंसर टीबी जैसे गंभीर बीमारियों की दवाई बनाने के लिए किया जाता है को कच्चा भी खाया जा सकता है लेकिन ये बहुत कड़वा होता है इसकी टहनिया को सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है